बोलो भगतुर भगवान की अनंत हाँ। कोट दे हाँ। तो देखो मैं आपने आई माता कथा सुनाऊ आपने सुनो परचा दिया वो आप पर्चा सुनो बड़े ध्यान लगा सुनना आप अरे अरे। बहुत अच्छी बेल है आई माता रे बेल और भी लोग गाय बेला मगर हमारे कन्ह टूटी भागी वो है वो आपके सामने पेश करूं आप लोग ध्यान लगा सुन जो बहुत आनंद आवे लाइमायन आ, आ। चरणों का दास हूँ बाईस दास जन्म धार विसरू नई भैर चरणन पास उन टाइम रे मैंने कई देवीरा पर्चा आवे और कई बात बने देखो आही माता री कथा कहूं सुनिए ध्यान लगा भूल चूक गलती माफ करो भाई भाई। अरे दाता मैं लड़का मैं लड़का या ज्ञान शरण में, में आया तेरी भूल चूक महाराज लाज रख दी जो मेरी अरे भाई उतरे आसू देवी युति आई जी अरो दे दिया। ले वो। अबे आईने बजाए ले बोलो शंकर भगवान की टाइम अं के मायने एक समय आई जी महाराज चौमा सारी मौसम ऊपर ली पुल आई जी महाराज साठ बस की डोकरी रो रूप धारण कर अटने आप रे गावरे महीने आवे बिया गाँव रे महीने आए डोकरी हेलो पाड़े के भाई थोड़ो पानी पाओ मौसम चौमा की ऊन टाइमरी तीसा मरू मैंने पानी तो पाद बोहोत छोटको भाई देख बोले आप खेल नीचे बिराजो और पानी पियो बो भाई बोले रे कटे बैठा वे न रोटी कटे जी माल एक ही खेतरे मैंने खेलडी रूटे डोकरी ने बिठा दे तो रोटी कटे छोट भाई छोटक ठीक है आप झीमता रहे वहां रोटी माशा ने बिठाओ माशा ने बिठा लिया उन टाइम के मैंने डोकरी देख रोली क्यों रे छाया छाया करे एक बडलो क्यों नहीं लगा देतरे मैंने बडलो लगा दी बडोड़ो भाई फाचा दोपहर घी मरदान माने फाचो पाल डलता मोटो बड़लो दिशो खेतरे माई ने बडोड़ो भाई कहे माने सरचिया ही है जादू करो पैटे बड़लो लगाओ खेतरे मैने खेल रही नहीं जिस जगह बड़लो लगायु उन टाइम रे माय ने डोकरी छोटको बेटो श्यामरा देख भी छाया रे मैंने बैठ के माशा घरे हालो माशा ने घरे ले को रात भर मासा घरे दिया रोटी सुबह देखर बोलिया। था जाओ भाई हड़ पाओ मैं आपने बातों लेन, मैं अरे का मासा आपका एक उड़ो ले ली एक बाटी ले ली और ले रवाने होगा डोकरी देखर बोली घात वाला बैडा देख बोलिया, बोलिया की सरतियाई बात है आई तो नहीं मानी लो गां बेटी रोटी लाऊ ने बाकी आखे मैं लेना सरतियाई बात है बोला आज आप मायने कोई बीस नहीं पूरा कल डी छाती राग भाई राम खेतरे मैंने घीपरा आपके एक बाटो ले लियो एक ले लियो ले देख रोली रे चार जोड़िया बल धारी झिमाए कहीं रुमा तो झिमा एक बाटी लेनी है खाउंडे बात है कहीं खाए गए रूमा तो खाएगी ढोकरी खेतरे मैंने चार देखर बोली बडोड़ो भाई के माशा चार कपड़ो ऊंचो करियो आगे पांच पकवान आपका पंडोड़ा पढ़िया लाल ला भाई देख बोलिया तो शक्ति तो दूसरी है शाम पड़ी उन टाइम के मायने देखर बोलिया माशा आप ठेरो आज आज बरसू तो डोगरी का ही कहे देखो डोगरी उन्हें वचन देवे अरे भैया खेती नी बजोरे तारे मोकली जो घो धान भान भैरे खेती चोरे सारे मोक बीजो, रो ज्ञान रेनई ही सग तिररो ज्ञान रे धनमई ही बीजो मोती जो सुझो सगे तिर ध्यान रे आई धीरों पदा ने पदारिया लेने बदाय रे धीरों शक्ति शक्ति की हो। भवानी की जय जय जगदंबे भवानी टाइम का मैंने डोकरी डोकरी अरे अरे खेती निबजो निबजो निबजो चोगनो धान हीरा मोती ओ हे वीरा आ फलजो और फूलो और डोकरी ने आई याद करजो था मैंने रे डॉकारी रेर तो कई बटव रेर मारवाड़ जंक्शन ढोकरी जावे और कहीं कहे देखो अरे अरे ने गाँव सुवी चालिया तेरे तो गावे ए ध्याने तो रे रे गावे ध्याने आया जाई जाई हेलो मोड़ो पानी रो पी लोड़ो थोड़ो, थोड़ो पानी पिला ये, प्राण देखो जाति कई जड़ी रे जाए, ए मोटो जे थरो मोटो जे थरो जाती ए भूड़ी तो केरी रीरोम भरो ए भूपे सेवा करा बोलो बोलो शंकर भगवान की बोलो की जगदम्बे मात उन टाइम का मैंने केवल आगे मैने के लगे ढोकली गांव शू दे चाल बीठोरे गाँव अरे बिठोरा मई ने हेलो मारियो थोड़ो बाया पानी लो पिला हे बाया, थोड़ो पानी पाओ माई ने ठुकराणिया बोली माधी शाह आया जो पाचा जाता रहो नहीं कंवर साहब आएगा तो थाने जी पानी पा निकली है बाकी आया जगह पग निकल जाओ के नहीं तो थाने आया नहीं पानी पायो नहीं माई ने ठुकराणिया बोले माधी शाह पाचा पाउड जाओ नहीं तो थोटा बांसला पड़ी गए ढोकरी बोले के भाई कोई बात नहीं ने ने साहब आया, बोले, टू बाहर निकल जा नहीं तो थारा वाल वेला बारे निकल जा तो कई कहे देखो कंवर साहब हार बटे अरे बेस्य रे अरे, के रे मरी गोरे मैं ड़िया अबे पाए घरे माए घोड़िया पाए घरे माय अबे भेसिया तुड़ावे सुन पे कैकड़ी याई तो आई जाए चिमके रे भिखे घोरी में अबे खाया भिड़के रे भिखे घोरी में हलो मंगे हालो आई दे लगा ए धूपे पाया करा बोलो जगदम्बे मात की टाइम के कमर साहब आया गाया भिड़के मारी घोर में अरे पाई करे सोन आई थी फाची जाए ए फाची जानी तो था खड़ा खड़ा शराब देवे कहीं कहते देखो अरे वीरा अचो रे भीरागी वो अछो करियो घुमान रे गिरा अचो रे फिरागीरी वो गिरा छो करियो घुमान रे करे भी रा अछ करुमान रे माया दो दिन पावीनी कई जे नरगरी खान रे कई जे नरकारी खा रहे पीरा आई गिया रोंद पधारिया धूप कराने सेवा में ही करा बोलो मात की भगत और भगवान की टाइम का मैंने खेवा लगी अरे आछो करियो बाया गिरो आछो करियो घुमान माया दो दिन पावनी आ है, माया नरगारी खान आ आ भाई, लारे लारे किला किला कारियां दिओडी रे।, रे। रे मने तो था। था तो तो पेंट फिरो कारिया थाने। शराब शराब दे चालू हुई, कहे देखो। पहला कहीं अरे भीरा तारे कोटिया में भिलिजोतरे का रेतरे, विरा कोटिया में भिलिजोतारे बालुडिया रेतरे रा समाचार जो सुनो जड़ा मूड़ समेत चार भी राशन लीजो कर जो कर जो रे कर जो, कर जो आई, आई जी ने आदरे आई ने पदा रे धूपे खेवाने सेवा में रे करा बोलो में मात की उन टाइम के माने धोखी, शराब अरे कोटिया में थारे रे में रे रेत, रेत रेत, कुंडिया कुंडिया थाने भाई, सुन समझारीजो और जाजो जड़ा मुे उन टाइम के मैंने ढोकरी शराब और देवे देखो और शराब देवा लागे अरे भीरा गोड़िया भी जोरे बन करो जीड़ा पर बात रे घोड़िया जो बनरा बंगला थोड़ा हल्को करोड़े पर बातरेरा झनर बिपुड़ा हो जा जो, रे, भी भी जो।, सुन जो आई गिरी पातरे होई जावी जो सुजोई जी ने आदरे आई जीरो आई ने पदारे खूबे खेवाने सेवा में रे करा हाँ। टाइम के मैंने नौकरी शराब बोलो भगत और भगवान की हाँ। की कोट हाँ। तो देखो मैं आपने आई माता कथा सुना आपने। दगण। कहीं नौकरी परचा दिया वो आप परचा सुनो बड़े ध्यान लगा रहा सुनना आप बहुत अच्छी बेल है आई माता जी बह और भी लोग मगर मारे कने भी टूटी भागी वो है वो आपके सामने पेश करूं आप लोग ध्यान लगा सुन जाओ बहुत आनंद आवे लागू